मैं क्या करूं मेरे दोस्तों ने बिगाड़ दिया मुझको कई दोस्त आकर के जबरन तुम्हारा अपहरण करके ले जाते हैं क्या हम क्या दोस्त ऐसे हैं कि वो नशा करा देते हैं नहीं पीनी नहीं थी दोस्तों ने पिला दी हमने तो नहीं सुना कि तुम कहो कि जहर नहीं पीना था पर दोस्तों ने पिला दिया तो पी गए शराब तो कह देते हो दोस्तों के पिलाने कारण पी ली जहर भी पी लो उनके पिलाने से जहर कहाँ नहीं पीते उनके पिलाने से तब तो अचानक होश आ जाता है कि अरे नहीं भाड़ में जाओ तुम दोस्त होगे तो होगे जहर थोड़ी पी लूंगा कह देते हो कि नहीं दोस्तों पर इल्जाम मत लगाओ शराब में मजा तुम्हें आता है जहर में तुम्हें मजा नहीं आता तो नहीं पीते शराब में तुम्हें मजा आता है तो पी लेते हो दोस्तों की आड़ ले रहे हो